हाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप लोग को एमआरआई के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि एमआरआई क्या है एमआरआई का उपयोग किस लिए किया जाता है इसका कितना खर्च लगता है और इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं आजकल लोगों को तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कई बीमारी तो ऐसी होती है जो डॉक्टर की नज़र से भी छुपी रहती हैं इन बीमारियों का अच्छा से पता लगाने के लिए या तो एक्सरे किया जाता है या फिर एम आर स्कैन का सहारा लिया जाता है तो अब बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एम क्या होता है एम आर स्कैन क्यों और कैसे किया जाता है एम का मतलब क्या है एम का फुल फॉर्म क्या है एम उपचार पूरे शरीर की जाँच करने वाला मशीन एमआरआई की कीमत एमआरआई क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं एमआरआई स्कैन या टेस्ट क्या है तो सबसे पहले जानते हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है एमआरआई का फुल फॉर्म तो एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाथ इमेजिंग कहते हैं एम मशीन में पावरफुल मैगनेटिक रेडियो वेब्स कंप्यूटर की मदद से आपके शरीर के अंदर के छोटे छोटे भाग की फ़ोटो लिया जाता है यह हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन को एक साथ मिलाकर उनका फ़ोटो लेता है एम स्कैन क्यों किया जाता है तो चलिए अब जानते हैं कि एम स्कैन क्यों किया जाता है एम स्कैन की वजह से मेडिकल साइंस की खूब तरक्की हुई है क्योंकि एम स्कैन की वजह से डॉक्टर हमारे शरीर में किसी भी तरह का उपकरण लगाए बिना शरीर के अंदर के अंगों की काफ़ी सटीकता से देखकर जांच कर सकते हैं एम स्कैन किसी भी प्रकार की चोट पर या फिर किसी भी प्रकार के रोग के इलाज में डॉक्टरों की बहुत मदद करता है इस काम की वजह से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मरीज पर लागू किया गया इलाज कितने अच्छे से काम कर रहा है सोते हुए मरीज का दिमाग कैसे काम करता है या कोई इम्पोर्टेंट काम करते हुए दिमाग का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा काम करता है यह सब बातें एमआरआई स्कैन से पता लगाई जा सकती है और दिमाग से जुड़ी हर प्रॉब्लम का पता लगा लेते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है एम स्कैन करने से पहले डॉक्टर मरीज के सारे कपड़े उसको एक अलग किस्म का सफेद कपड़ा या हल्के नीले कलर का कपड़ा देते हैं और एम स्कैन होने से पहले मरीज से सारे धातु की चीजें निकलवा ली जाती है जैसे अंगूठी चूड़ी फिर उस मरीज एम स्कैनिंग मशीन के टेबल पर लेटा दिया है और उसको उस मशीन के अंदर दिया जाता है फिर मशीन में उपस्थित मैग्नेटिक और रेडियो तरंगों की वजह से और मशीन की मदद से उस इंसान के शरीर के अंदरूनी अंगों की पिक्चर्स ली जाती हैं इन पिक्चर की मदद से डॉक्टर आसानी से पता लगा लेते हैं कि उस इंसान को क्या बीमारी है और वह बीमारी कितनी पुरानी है एम स्कैन की वजह से हमारे शरीर की छोटी ऐसी छोटी प्रॉब्लम का भी पता लगाया जा सकता है और कोई भी जरूरी नहीं कि आप शरीर का फुल एमआरआई आर आई स्कैन करवाएँ आपको जिस जगह पर चोट लगी या जिस जगह पर एमआरआई स्कैन करवाना हो आप उस जगह का एमआरआई करवा सकते हैं जहां कोई बीमारी है आप सिर्फ उस पर टीका भी करवा सकते हैं एमआरआई स्कैन करवाने से पहले ध्यान देने योग्य बातें एम स्कैन करवाने से पहले आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि आपके कान दांत या हड्डी में कोई लोहे या किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक धातु जैसे अंगूठी चेन जैसी चीज़ आपने पास नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो तो डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी या आपने कोई भी सर्जरी करवाई हो तो उसकी भी जानकारी डॉक्टर को दे देनी चाहिए और सबसे बड़ी बात एम स्कैन मशीन के कमरे में आपके साथ कोई भी धातु की चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि एम मशीन की चुनकी पावर बहुत होती है और यह धातु की चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है एम टेस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है चलिए अब समझते हैं कि एम स्कैन करवाने में कितना खर्च आएगा एम स्कैन अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वहां पर बहुत कम खर्चे आएंगे इसके अलावा कई सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री है, है। और अगर आप प्राइवेट में एम स्कैन करवाते हैं तो वहां पर पाँच हज़ार से लेकर दस हज़ार तक खर्च आ सकते हैं निर्भर करता है कि आप पूरे शरीर का एम करा रहे हैं या फिर किसी या फिर शरीर के किसी विशेष भाग का उसके अनुसार पैसे देने पड़ेंगे अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझें कि एमआरआई स्कैन का उपयोग कहां कहाँ होता है तो सबसे पहले समझते हैं मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी शरीर की हड्डियों जोड़ों संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए आस्तनों संबंधित बीमारी पता करने के लिए हृदय की जांच के लिए लीवर जांच के लिए फेफड़ों के जांचने के लिए गर्भाशय आदि जाँच के लिए भी किया जाता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ऐसे ही नई नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये आपको अपडेट कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत